हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मोकिंग ऑफ कोड गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप के बारे में कि हमारे पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है तो गाइस चलिए देखते हैं पाइथन सपोर्ट थ्री कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप गाइस जो हमारा पाइथन होता है वो हमारे तीन कैटेगरी के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है जो हमारा पहला होता है बेसिक टाइप ऑफ डेटा टाइप जो सेकंड होता है कंटेनर टाइप ऑफ डेटा टाइप और जो थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप गाइस, इस वीडियो में हम बेसिक टाइप के बारे में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं उसके बारे में जानेंगे और बाकी कंटेनर टाइप और यूजर डिफाइन टाइप ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि गाइज जो कंटेनर टाइप में डेटा टाइप आते हैं जैसे कि लिस्ट टपल सेट्स डिक्ट क्लास इसका एक इस पर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो गाइस इसके और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं तो गाइस इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर करके समझेंगे और जो हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं जैसे कि इंट फ्लोट कम्प्लेक्स बुल स्ट्रिंग बाइट्स तो गाइस ये जो होते हैं ये ये बहुत ही बेसिक्स होते हैं जिनको हम मतलब बहुत ही कम टाइम में सीख सकते हैं तो और गाइस जो हमारे लिस्ट टपल सेट्स डिक्ट और क्लास होते हैं उसमें हमें इन बेसिक डेटा टाइप की ही जरूरत पड़ती है इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक डेटा टाइप के बारे में जानेंगे जानेंगे तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं और कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं और हम उसको कैसे अपने कोड में लिख के आउटपिट उसका लाते हैं तो गाय चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम अपने बेसिक डेटा टाइप में इंट के बारे में तो चलिए देखते हैं नंबर होता है तो तो गाय डेसिमल है. तो है। का मतलब आप समझ ही रहे होंगे प्वाइंट वाले नंबर और फ्रैक्शन के मतलब भी आप समझ रहे होंगे मतलब फ्रैक्शन बटा मतलब पी ऑपान क्यू के रूप में ना हो लेकिन ये जो जो हमारे हमारे इंटीजर होते होते होते हैं हैं हैं हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या हो सकते हैं। ये रियल नंबर इन एंड इंट टाइप टाइप के डेटा तो गाइस हम उसको अपने प्रोग्राम में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं गाइस ये ए, ए नाम का एक आइडेंटिफायर है जो कि हमारे डेटा टाइप डेटा टाइप वन को पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंट जो जो हमारा आइडेंटिफायर पॉइंट कर रहा होता है हम उस आइडेंटिफायर के नाम को प्रिंट करते हैं तो हमारा डेटा टाइप प्रिंट हो जाता है तो गाइज हम चलिए देखते हैं अपने इन टाइप के डेटा टाइप को हम अपने प्रोग्राम में कैसे लिख के और उसको कैसे प्रिंट करते हैं तो गाइज हम सबसे पहले अपने रेपलेट को ओपन कर लेते हैं तो गाइज जैसे कि हमारे यहाँ रेपलेट ओपन हो रहा है एक मिनट वेट कीजिए गाइज अभी हमारा रेपलेट ओपन हो जाएगा तो ये हमारा ओपन हो रहा है जैसे कि हमारे हमारा ओपन हो चुका है तो अब हम जानेंगे कि अपने टाइप को इसमें हम कैसे लिखेंगे और कैसे इसको आउटपुट हम अचीव करेंगे गाइज हम सबसे पहले कमेंट में लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम चले कि हम इंट टाइप के इंट टाइप के डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं तो गाइज चलिए हम देखते हैं गाइज हम अपने इंट टाइप के डेटा टाइप को दो तरह से आउटपुट अचीव कर सकते हैं सबसे पहला होता है हमारा सिंपल टाइप जिसको हम सिर्फ प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे और उसका आउटपुट मिल जाएगा जैसे देखिए देखिएगा हम प्रिंट फंक्शन को लिख दिए उसके अंदर हम अपने डेटा टाइप को लिख देंगे जैसे कि मैंने माइनस का टू लिख दिया और गाई जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सिंपल सा रन हो जाएगा और इसका हमारा आउटपुट देखिएगा माइनस का टू आ गया जो कि ये हमारा एक इंट टाइप का डेटा टाइप है और हम दूसरे दूसरे वे से हम इसको सबसे पहले एक टिफायर एक आइडेंटिफायर लिखेंगे जैसे कि मैंने ए टाइप का एक आइडेंटिफायर लिखा और हम इसके साथ असाइनमेंट इसके साथ हम एक अपने इंट टाइप के वेरिएबल को इसमें असाइन कर दिया जैसे कि मैंने 2.2 को इसमें हमने असाइन कर दिया एक्चुअली यही हम इसमें अपने इंट टाइप के वेरिएबल को असाइन नहीं किया नहीं किया है एक्चुअली ये हमारा जो ए नाम का आइडेंटिफायर वो इसको पॉइंट कर रहा है हम इस देखते हम अपन जिसमें जो अगर हमारा कोई आइडेंटिफायर किसी डेटा टाइप को प्वाइंट कर रहा है तो हम उसको कैसे प्रिंट करते हैं तो गाइज हम जैसे कि हमारा एक आइडेंटिफायर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अपने जो आइडेंटिफायर के नाम को ही लिख देंगे और उसका आउटपुट हमें वो जो डेटा टाइप उसको प्रिंट कर रहा होता है वो आ जाएगा तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ यहाँ टू लिखा है लेकिन जो ये हमारा 2 .2 है, इंट टाइप का डेटा टाइप नहीं। सिर्फ क्योंकि हमने वीडियो में जान चुका है पहले की जो हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन होता है वो हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है तो गाइजी हमारा ए जो है एक टू, टू जो एक इंट डेटा टाइप है उसको पॉइंट कर रहा था चलिए हम उसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन को लिख लेंगे मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन को लिख लिया है उसके बाद से हम इसमें अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख देंगे मैंने अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख दिया और हम इसको सिंपल सा रन कर देंगे और रन करते ही हमारा यहाँ आउटपुट मिल जाएगा गायज हमारे यहाँ क्या गलत हो गया लाइन थ्री शिन... हाँ कोई इनवाड सिंटेक्स मिल गया अच्छा मैंने यहाँ पर पैरिस छोड़ दिया ना सोरी गाइज अभी देखिए हमारा फिर सही से रन होगा गाइज देखिए हमारा यहाँ माइनस टू और टू रन हो चुका है तो गाइस हम अपने इंट को इस प्रकार से रन करेंगे अब हम चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा गाइज जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट गाइज हम अब जानेंगे कि हमारा फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है तो गाइज हमारा फ्लोट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रेक्शनल और एक्सपोनेशल फॉर्म गाइज जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है ये तो एक या तो ये हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है फ्रैक्शनल या तो एक्सपोनेंट या तो ये डेसिमल हो सकता है तो गाय जो हम चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे अपने प्रोग्राम में इसकी आउटपुट को देखते हैं गई फ्लोट जो होता है हमारा एक डेसिमल होता है या डेसमल या हमारा फ्रैक्शनल होता है तो गाय हम चलिए फ्लोट डेटा टाइप के बारे में देखते हैं हम सबसे सब पहले कमेंट में लिख लेते हैं कि हमें मालूम चलिए कि फ्लोट के बारे में पढ़ रहे हैं तो गाइज मैंने यहाँ पर इसको कमेंट में लिख लिया है अब हम इसको पहले सिंपल में प्रिंट करके देखेंगे कि हम इसको सिंपल में अपने फ्लोट डेटा टाइप को कैसे प्रिंट करते हैं तो मैंने प्रिंट प्रिंट फंक्शन के अंदर हम सिंपल से अपना फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लिख देंगे मतलब फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वाला जिसके बीच में हमारे डेसिमल हो तो अब हम गाइज इसको रन करेंगे रन करने से पहले हम इसका एक दूसरा नियम मतलब आइडेंटिफायर पॉइंट कर रहा हूं किसी डेटा टाइप उसको भी लिख लेते हैं और हम दोनों का आउटपुट एक साथ देख लेंगे तो गई हमने यहां पे उसको भी लिख लिया है प्रिंट सबसे पहले हम एक आइडेंटिफायर लिखेंगे आइडेंटिफायर के जो में हम अपने एक डेटा टाइप को असाइन कर देंगे उसके बाद से हम इसको प्रिंट कर लेंगे प्रिंट और हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख लेंगे उसके बाद हम इसको रन करेंगे रन करते हैं गाय देखिए है हमारा इसका आउटपुट आ चुका है जो फर्स्ट वाला है हमारा सिंपल टाइप का सिंपल टाइप के मतलब सिंपल टाइप प्रिंट फंक्शन से प्रिंट किया उसका है और जो ये मेरा सेकेंड वाला 2.2 है वो हमारे इस वाले प्रोग्राम के लिए जिसमें में हम एक आइडेंटिफायर को लिख के उसमें हम कुछ वैल्यू को असाइन करें हमने उसको प्रिंट किया तो गाय ये हमारा रहा फ्लोट टाइप चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाय जो हमारा नेक्स्ट होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है तो गाय इस कॉम्प्लेक्स कंटेंट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो गाय जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप होता है ये हमारे दो पार्ट में होते हैं जिसमें हमारा पहला होता है रियल पार्ट और सेकंड होता है इमेजिनरी पार्ट तो गाय चलिए हम इसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो गाय इसको हम अपने प्रोग्राम में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे सी ओ एम पी एल ई एक्स कॉम्प्लेक्स हम इसका कमेंट लिख ले लेते हैं गाय तो मैंने इसका कमेंट लिख, लिख लिया है. कॉम्प्लेक्स टाइप लिख लिया है मतलब कि हम अब कम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप को पढ़ेंगे तो सर गाइज हम कम्प्लेक्स गा, टाइप के डेटा टाइप को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा एक रियल नंबर का होगा और एक इमेजिनरी पार्ट का होगा सबसे पहले में हम एक रियल नाम का एक वेरिएबल बना लिए जिसमें हम एक अपने रियल नंबर को शाइन कर दिए गाइज एक्चुअली ये रियल भी जो है हमारा एक आइडेंटिफायर है जो कि हमारे एक रियल नंबर को पॉइंट कर रहा है उसके बाद से हम एक इमेजिनरी पार्ट के लिए बनाएंगे आई एम और इमेजनरी लिखा ये भी एक है जो हमारे एक रियल नंबर को पॉइंट कर रहा है और इमेजिनरी है जो हमारा एक इमेजिन्री नंबर को पॉइंट कर रहा है अब हम इसके लिए क्या हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करने के लिए हम इसको एक वेरिएबल में शाइन करा लेंगे जैसे कि हम कम्प्लेक्स नंबर का पढ़ रहे थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं C O M P L E X कॉम्प्लेक्स और हम अंडरस्कोर स्कोर लगा के एन यू एम बी आर -E क्योंकि गाइस जब हम न, वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते इसके लिए हमने यहाँ तो गाइज हमने लगाने के हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स टाइप के क्लास को लिखना है तो गाइज हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप के एक क्लास को लिखूंगा सी ओ एम पी एल ई एक्स कॉम्प्लेक्स टाइप के हम यहाँ एक क्लास को लिख लेंगे उसके बाद से हम यहाँ पे अपने रियल और इमेजनरी वाले वेरिएबल को मतलब आइडेंटिफायर को लिख लेंगे आर ई एल उसके बाद से कॉमा लगा के हम यहां पर इमेजिनरी वाले वेरिएबल को लिख लेंगे आई एम ए जी आई एन ए आर वाई इमेजिनरी वाले वेरिएबल को लिख लिया उसके बाद से गाइस हम इसको प्रिंट कर लेंगे जो हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स नाम कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का आइडेंटिफायर कह लें वेरिएबल कह लें जो भी बनाए हम इसको अपने प्रिंट फंक्शन की सहायता से प्रिंट कर लेंगे तो गाइस चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल आ रहा है या नहीं तो गाइस चलिए देखते हैं गाय हमने यहाँ प्रिंट टाइप का प्रिंट कर लिया हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का का नाम लिख लेंगे कि ओ एम पी एल ई एक्स और अंडर लगा के -E नंबर क्या, तो क्या कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफर तो गाई जी हमारा कोई मीनिंग गलत हो गया तो हाँ गाई हमने यहाँ ओ छोड़ दिया है तो गाई जी मैंने यहाँ ओ लिख लिया अब हम दोबारा से रन करके देखते हैं क्या ये हमारा कोड सही है या नहीं अब गाइस देखिए जैसा कि मेरा यह कोड सही है मैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप होता है एक जिसमें मैंने बताया कि एक जो हमारा होता है रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है तो जैसा कि मैंने बताया देखिए हमारा यहाँ यह प्रिंट हो चुका है हम रियल पार्ट के अंदर टू असाइन किया था और इमेजनरी पार्ट के अंदर सेवन असाइन किया था तो गाइज देखिए जैसे कि हमारा टू प्लस आ चुका है अब गाइज हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है हमारा जो हमारा नेक्स्ट होता है ये बुलियन होता है बुल टाइप का डेटा टाइप होता है गाइज बुलियन कैन टेक एनी टू बुलियन वैल्यू गाइज ये हमारे दो बुलियन वैल्यू लेता है और जिसका ये कंपेरिजन करके ट्रू और फॉल्स में आंसर रहता है गाइज एक्चुअली ये हमें आपको सबसे ज्यादा समझ में तब आएगा जब आपके पास ऑपरेटर की नॉलेज हो तो गाइज लेकिन हम इसका वीडियो हम इसका एग्जाम्पल जरूर देखेंगे तो हम चलिए हम इसको जल्दी से प्रोग्राम में देख लेते हैं तो हम सबसे पहले कमेंट में बुलियन नाम का एक कमेंट लिख लेते हैं गाइस हम यहाँ शॉर्टकट में बुल लिख लेते हैं बुल लिखने के वजह से हम इसका अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल देखने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल हम अपने कुछ एक्सप्रेशन को लिख लेंगे मतलब की हमारा ये नाम का हम यहाँ कुछ अलग लेते हैं इस बार मतलब की हम यहाँ नाम का ही एक जो मतलब यहाँ एक्सप्रेशन लिखा अगर ये सही है तो हमारा इसका आउटपुट ट्रू आएगा अगर ये गलत है तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा चलिए हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम हमने यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा है तो क्या अगर ये सही है तो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है मतलब कि अगर हमारा टू इज ग्रेटर टू इज लेस देस है तब तो हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा अगर ये टू हमारा वन से ग्रेटर है तब हमारा यहाँ पे फॉल्स आएगा चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये सही है या गलत तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख लेंगे जो हमारे उस एक्सप्रेशन को पॉइंट कर रहा है तो हम चलिए सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं तो हमने यहाँ प्रिंट फंक्शन को लिख लिया उसके बाद से हम अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख लेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर उसके बाद हम इसको फिर रन करेंगे रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है तो गाइज हमारे यहाँ आउटपुट फॉल्स आ चुका है जैसा कि हमारा यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है टू इज लेस देन वन हाँ गाई ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा दो एक से बड़ा है इसलिए हमारे इसका आउटपुट हमेशा यहाँ फुल ही आएगा अगर हम इसको लिखे टू इज ग्रेटर देन वन हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लिख लेते हैं तो तब यहाँ इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो आउटपुट होगा ये ट्रू आएगा चलिए हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही हो रहा है या नहीं देखिए जैसे हमारे यहाँ इसका आउटपुट ट्रू आ चुका है तो गाइज हमने यहाँ बुल बु, बुल टाइप के डेटा टाइप के बारे में जाना अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि हमारा स्ट्रिंग क्या होता है जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर गाई जो हमारा देखिए सबसे सिंपल हम समझते हैं इसको अपने माध्यम से जो हमारा स्ट्रिंग होता है ये हमारे मतलब बहुत सारे कैरेक्टरों का कलेक्शन होता है गाइस कैरेक्टर में अब हमारे स्पेस भी उसमें होते हैं तो मतलब जो होता है इसका कलेक्शन होता है लेकिन इसका कुछ कंडीशन होता है जो हम हमारे स्ट्रीम होते हैं हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं अब वो हमारा इनवर्टेड कामा किन किन प्रकार के होते हैं तो जो हमारा इनवर्टेड है सिंगल इनवर्टेड का कामा होता है और ट्रिपल इनवर्टेड कामा होता है तो गाइस जो भी हमारे होते हैं, हम उसको इन्वर्टेड काम <-change> के अंदर लिखते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख के तो हम सबसे पहले हम इसका कमेंट में स्ट्रिंग लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम चलिए कि हमने जो भी ये पड़ रहा है वो स्ट्रिंग तो हम स्ट्रिंग टाइप का एक कमेंट लिख लेंगे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का एक कमेंट लिख लिया है अब हम देखेंगे कि हम अपने स्ट्रिंग को सिंगल इनवर्टेड कामा के अंदर कैसे लिस्ट प्रिंट करते हैं सबसे पहले हम अपने प्रिंट फंक्शन को लिख लेंगे मैंने यहाँ अपने प्रिंट फंक्शन को लिख के पैरासिस के अंदर हम सबसे पहले सिंगल इनवर्टेड कामर लगाएंगे आप इसमें जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं मैं यहाँ का नाम लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लिया ऑफ कोड उसके बाद से हम इसको रन करके देखते है क्या ये हमने जो लिखा है ये सही है या नहीं तो गाइज हम चलिए इसको देखते हैं देखिए गाइज हमारे आउटपुट में स्मोकिंग ऑफ कोड आ चुका है जो कि ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है अब चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या हम इसको डबल इनोवर्टेड कामा में लिख के और ट्रिपल इनवर्टेड कामा में लिख के ऐसे प्रिंट कर पाते हैं या नहीं तो हम सबसे पहले फिर से दोबारा से अपने प्रिंट फंक्शन को लिख लेंगे हमने यहाँ प्रिंट फंक्शन को लिख लिया उसके बाद हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम दोबारा से एक स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि हमारे चैनल का नाम ही होगा स्मोकिंग ऑफ कोट गाइज उसके बाद से हम इसको दोबारा से रन करेंगे लेकिन रन करने से पहले हम अपने फिर से हम इसको एक बार ट्रिपल इनोवर्टेड कामा के अंदर भी लिख लेंगे ताकि हम देखेंगे एक ही साथ सबका आउटपुट फिर से हम इसको पैर पारांथ, अपने पैर के अंदर ट्रिपल इनोवर्टेड कामा लगाएंगे ट्रिपल इन्वर्टेड कामा लगाने के अंदर आप जो भी मन आपका मन वो उसमें वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं मैं तो यहाँ अपने चैनल का नाम ही लिखूंगा स्मोकिंग ऑफ कोट गाइज मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लिया अब हम इसको रन करते हैं देखते हैं क्या हमारे ये तीनों का आउटपुट सही आता है या नहीं तो गाइज देखिए हमारे यहाँ तीनों कोड का आउटपुट सही आ चुका है तो गाइज हमने यहाँ बेसिक डेटा टाइप के बारे में जाना जो हमारा इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स बुल स्ट्रीम होता है अब गाइज अब हम जानने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में कि हमारा टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है और हम इसका पाइथन में क्यों प्रयोग करते हैं तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ पार्टिकुलर डेटा कैन बी चेक यूजिंग इन फंक्शन कार्ल टाइप मतलब गाइस इसका मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा टाइप को जो भी प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको किस टाइप का डेटा है हम उसको चेक करने के लिए गाइस जैसे कि हमारे यहाँ थर्टी फाइव है इसको ऐसे हम बोल तो सकते हैं इंटीजर, लेकिन हम बोल सकते हैं क्या पाइथन इसको सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है या नहीं? तो इसको हम चेक करने के लिए हमारे पास एक हाँ, है फंक्शन जिसको हम कहते हैं टाइप अप जिसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप का है तो गाइस सबसे पहले हमें इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है कि हमें अपने प्रिंट फंक्शन को लिखना होता है और प्रिंट फंक्शन के पैरथेस के अंदर हमें एक टाइप नाम टाइप लिखना होता है और टाइप के पैरथेसिस के अंदर हमें उस डेटा को लिखना होता है जिसको हमें चेक करना है तो गाय चलिए हम इसको फटाफट फटाफट से उसका हम हम हम देख लेते हैं। हैं हैं तो सबसे सब पहले हम अपने पुराने को से मारते हैं। और मारने के बाद देखते हैं कि क्या जैसे कि गाइज मैंने लिया ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू।, ट्वेंटी टू मतलब कि मान लीजिए हमने एक आइडेंटिफायर में ट्वेंटी टू को असाइन कर लिया अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्वेंटी, ट्वेंटी टू है जो हमारा एक इंट टाइप का डेटा टाइप है या नहीं तो हम तो पढ़े हैं तो हम तो बोल सकते हैं कि हाँ ये एक इंट टाइप का डेटा टाइप है लेकिन हम इसको पाइथन के द्वारा बुलवाना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि क्या पाइथन इसको हमें बता रहा है कि ये क्या ये इंट टाइप का डेटा टाइप है नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो हम सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन को फिर से लिख लेंगे और हम पैराथेज लगा लेंगे अब हम पैराथे के अंदर लिखेंगे टाइप पी वाई पी ए. टाइप लिखने के बाद हम फिर से दोबारा से पैरेंथस लगाएंगे और उसके अंदर हम अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख लेंगे उस आइडेंटिफायर का नाम जो कि हमारे डेटा को पॉइंट कर रहा है तो हमारा जो डेटा है ट्वेंटी है जिसको पॉइंट हमारा आइडेंटिफायर ए नाम कर रहा है तो हम उसके अंदर ए को लिख लेंगे अब हम इसको रन कर लेंगे तो गाइज हमारा इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा इंट तो गाइज देखिये हमने बोला था ना हमें पाइथन भी बता दिया कि जो हमारा ट्वेंटी है वो हमारे इंट टाइप का डेटा टाइप है चलिए अब हम जानते हैं एक और गाइस जैसे कि हमें 2.2 को चेक करना है कि क्या ये फ्लोर टाइप का डेटा टाइप है या नहीं तो हम अपने प्रिंट फंक्शन को लिख लेंगे और प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद हम फिर से पैरेंथिस लगा लेंगे पैरेंथेसिस के अंदर हम टाइप लिखेंगे टाइप लिखने के बाद से हम दोबारा से पैरेंथेसिस लगा लेंगे और हम इसके अंदर डायरेक्ट अपने डेटा को लिख सकते हैं चेक करने के लिए तो गाइज हमने यहाँ डायरेक्ट अपने डेटा को लिख दिया है टू अब हम इसको रन कर लेंगे गाइज़ ये ये रन करने के बाद देखिए हमारा जो है है एक एक का चलिए अब हम दूसरे को लिख के चेक करते हैं तो गाइज हम यहाँ अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर फिर से हम यहाँ एक डेटा टाइप लिख लेंगे और डेटा टाइप के अंदर हम फिर से टाइप लिख लेंगे टाइप के बाद फिर एक पैर लगाएंगे जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन एक को लिख लेंगे टू इज ग्रेटर गाइस देखते हैं कि क्या ये हमारा एक बुल टाइप का डेटा टाइप है या नहीं बता रहा है या नहीं तो गाइस देखिए जैसे कि मेरा ये एक बुलियन टाइप का डेटा टाइप है हमारा ये भी चेक हो गया तो गाइस ये होता है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन चलिए मैं एक अपने स्ट्रिंग को भी चेक करके देखते हैं कि क्या वो हमारा एक टाइप का डेटा टाइप है या नहीं हम सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद से हम दोबारा से टाइप को लिखेंगे को को को लिखने लिखने के के बाद से हम हम फिर लगा के उसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखेंगे तो जैसा कि कि हमने बताया कि को लिखने के लिए हमें उसको इनोवर्टेड कामा के अंदर लिखना पड़ता है तो हम सिंगल इनोवेटेड कामा लगा लेंगे और हम उसमें, उसमें अपने चैनल का नाम लिख लेंगे स्मोकिंग ऑफ कोड तो गाइज हमने यहाँ अपने हमने यहाँ अपने प्रिंट फंक्शन के हमने यहाँ अपने टाइप फंक्शन से चेक करने के लिए हमने एक कैरेक्टर को मतलब स्ट्रिंग को लिख लिया है हम चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये जो हमारा स्मोकिंग आप कोड है एक इन्वर्टेड कैमरा के अंदर क्या है ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है या नहीं तो गैज हमने इसको रन कर लिया है तो गैज देखिए जैसा कि हमारा इस, इसका आउटपुट आ चुका है ये भी एक हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है चलिए हम यहाँ एक और कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप को लिख के चेक करते हैं तो हम यहाँ कॉम्प्लेक्स उसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे तो हम यहां को फिर दोबारा से लिख लेते हैं मैंने यहां को से लिया। उसके हम फिर टाइप फंक्शन को लिखने के बाद से हम पैरेंगे और इसके अंदर हम अपने कॉम्प्लेक्स वैल्यू को लिख लेंगे पहले हमें रियल पार्ट लिखना होगा उसके बाद से अपना इमेजिनरी पार्ट तो माई गाइज हम यहाँ टू जे लिख दिए उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि आ, ये हमारा डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप का है या नहीं तो गाइज हमारे देखिए इसका आउटपुट आ चुका है और जो आउटपुट आया ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है तो गाइज ये होता है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन तो